इस में में है इसके क्या था? बताना थाना चंदवा क्षेत्र अंतर्गत कल रात्रि में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत दो डकैतों के गिरोह को चंदवा पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है एक डकैती के गिरोह जो विनोद ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने की योजना बना रहे थे पांच सदस्य का ये गिरोह है और दूसरा गिरोह दो सदस्यों का है जो संजय सेठ ज्वेलर्स की दुकान में डकैती करने की योजना बना रहे थे कुछ अनब पुलिस ने सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया है इन सभी अभियुक्तों के पास से डकैती करने के उपकरण यथा तमंचा लोहे का सरिया राड कुंभी आदि इत्यादि सामान बरामद हुआ है पूछताछ में ये बात सामने आई है कि ये सभी शातिर डकैत हैं, जो क्षेत्र विशेष में रात्रि में खासकर सोने चांदी की दुकानों में चोरी करने का काम करते थे इन सभी को गिरफ्तार करके विधिक कार्यवाही के तहत मुकदमा पंजीकृत करके इनको जेल भेजने की कार्यवाही की जा रही है भविष्य में इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी